नमस्कार स्वागत अभिनंदन मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दिनांक 24 दिसंबर दिन मंगलवार के दैनिक राशिफल के इस कार्यक्रम में प्रस्तुत राशिफल चंद्रमा की गोचर के आधार पर आधारित है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है और एक बात की मंगलवार दिन रहेगा मेज से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है इस विषय पर चर्चा करेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि नया साल जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे आप सभी लोगों के मन में यह जिज्ञासा होगी कि कैसा बीतेगा नया साल तो इसी के दृष्टिगत रखते हुए वार्षिक राशिफल दो हजार से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए हमने अपने चैनल पर अपलोड किया है साथ ही साथ दर्शकों कैरियर से रिलेटेड चूंकि कैरियर बड़ा ही महत्वपूर्ण मेजर रोल प्ले करता है हम लोगों के जीवन में तो कैरियर से रिलेटेड राशिफल से छप्पन के के मिनट पर सूर्यास्त होगा मिनट पर तिथि की बात कर लेते हैं है। तो कृष्ण पक्ष की त्रय की रहेगी रहेगीशी को बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए हमने आपको बताया था दोपहर बारह बजकर 18 मिनट तक की रहेगी इसके उपरांत चतुर्दशी चतुर्दशी तिथि दर्शकों इसमें शहद का सेवन नहीं करना चाहिए मनाही होती है शास्त्रों में ब्रह्मा वैवस्थ पुराण में लिखा हुआ है कि जो लोग शहद का सेवन करते हैं धन की हानि होती है नक्षत्र की बात करते हैं अनुराधा नक्षत्र रहेगा इसके उपरांत ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा करण रहेगा वड़ित इसके उपरांत मिष्टि और अंतिम करण रहेगा यह शक्नीकरण रहेगा योग रहेगा शूल तो आज का योग भी नहीं ठीक है चलिए शुभ समय पर आ जाते हैं मंगलवार दिन रहेगा तो आज यदि आप लोगों को शुभ कार्यों को करना होगा तो सुबह ग्यारह चौवालीस मिनट से लेकर के बारह बजकर छब्बीस मिनट के बीच यदि आप लोग कार्यों को करते हैं तो आपके कार्यों की सिद्धि होगी लेकिन वही अशुभ समय भी अब हम आपको बताए दे रहे हैं तो राहु काल का समय रहेगा दोपहर तो दो मिनट से तीन मिनट के बीच रहेगा इसमें आप लोग शुभ कार्यो को मत करिएगा चंद्रदेव अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में चलायमान है दर्शकों दिशा सूल की बात कर लें तो मंगलवार को उत्तर दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए फिर भी यदि किसी कारणवश आपको उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना पड़ जाए तो कोशिश कीजिएगा गुड़ का सेवन कर लीजिएगा मसूर का सेवन कर लीजिएगा दही खा लीजिएगा और पहले आप लोग दक्षिण की ओर चार पक चलिएगा तद उपरांत उत्तर की ओर आपको चलना रहेगा तो दर्शकों ये तो था हमारा पंचांग अब बढ़ते हम अपने राशिफल पर कि हम मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए क्या कुछ रहेगा आज का दिन लेकिन दर्शकों आप लोग भूले तो नहीं हैं कि दिल्ली आगमन हमारा हो रहा है जो भी दर्शक दिल्ली या इसके आसपास के क्षेत्र से आप लोग मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं मेष राशि के जातकों आज आपका दिन शानदार रहेगा जानदार रहेगा कुछ नया सीखने को आज आपको मिलेगा परिवार वालों के साथ आज आपका समय अच्छा बीतेगा आज कुछ दिनों से चली आ रही जो भागदौड़ है ये दूर होगी साथ ही साथ आज, आज आपको अपने हर किसी समस्या का सॉल्यूशन प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है नौकरी पेशा जो लोग हैं इनको वरिष्ठ अधिकारियों से आज सहयोग प्राप्त होगा साथ ही साथ आज आपका स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर रहेगा सभी परेशानियाँ आज, आज आपकी दूर होंगी हनुमान चालीसा का आज, आज आपको तीन बार पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन वृषभ राशि के जातकों क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे तो आज आपका दिन अनुकूल रहेगा आज किसी कार्य की योजना बनाने में सफल रहेंगे और मेहनत का पूरा फायदा मिलेगा सोचे हुए समस्त कार्य आज आपके जो है समय से पूर्ण होंगे आज व्यापारियों को आय के नए स्रोत मिलेंगे जीवन साथी आज आपसे प्रसन्न रहेंगे आज आपको किसी अच्छी कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है और उसमें आप सेलेक्ट हो सकते हैं अर्थात कहने का सीधा सा मतलब है वृषभ राशि के जात को रोजगार के भी कई अवसर आज आपको प्राप्त होंगे आज आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा कोशिश कीजिएगा लाल रंग के वस्त्रों का दान आज आप लोग जो है हर स्थान पर किसी जो है गरीब को जरूर करिए दूसरा दर्शकों आज हनुमान जी को आपको गुलाब का फूल जरूर चढ़ाना रहेगा चाहे आप एक गुलाब का फूल रख दे चाहे पूरी माला रख दे बेहतर रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा यह रहेगा आज पिंक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा यह रहेगा तीन मिथुन राशि की ओर चलते हैं क्या कुछ कहते हैं मिथुन राशि के सितारे तो मिथुन राशि के जात को आज मन स्थिर ना होने की वजह से आप थोड़े से परेशान रहेंगे लेकिन अपनों की मदद से आज आप लोग राहत महसूस करेंगे ऑफिस में आज आपका काम काफ़ी बढ़ सकता है जरूरत से ज़्यादा काम होने से थकान महसूस हो सकती है आज किसी से अनबन हो सकती है इसलिए सोच समझ करके बोलने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं आज किसी सामाजिक कार्यक्रम में आपको जो है जाना पड़ सकता है कारोबार में धन लाभ के योग बन रहे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज कोशिश कीजिए हनुमान अष्टक का तीन बार आप लोग पाठ कीजिए साथ ही साथ यदि हो सके तो मसूर की दाल आप लोग धर्म स्थान पर धान दें शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा छः कर्क राशि के जातकों आज आप सोच विचार में डूबे रहेंगे खासकर करके जो लोग कंप्यूटर के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं आज उन्हें कार्यक्षेत्र को बढ़ाने में जो है थोड़ी सी रुकावट महसूस होगी बेहतर होगा कि अपनी सफलता की राह में दूसरों को बीच में ना आने दें। आर्थिक मामलों को लेकर किसी व्यक्ति से आज, आज आपकी बहस हो सकती है आज आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव बना रहेगा आज संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार आपकी प्राप्ति होगी तथा उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने के योग बन रहे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो अनाथालय में जा के ल का आप दान दे सकते हैं दूसरा सुंदरकांड का पाठ करिए और इसमें संपुट लगाइए विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई बहुत ही अच्छा ये संपुट है और यकीन मानिए दर्शकों यदि आप इसको कर लेते हैं तो आपके मार्ग में कोई बाधा या विपता आएगी ही नहीं शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है सिंह राशि सिंह राशि के जातकों के लिए आज क्या कुछ कहते हैं सितारे तो सिंह राशि के जातकों आज का दिन देखिए बेहतर रहेगा आज कोई बहुत बड़ा ऑफर मिलने से धन लाभ हो सकता है आपके लिए कोई व्यक्ति मददगार साबित हो सकता है खास करके जो लोग साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं इनको कोई बहुत बड़ी आज खुशखबरी मिल सकती है आज आप जिससे मदद की उम्मीद करेंगे उससे आपको समय पर मदद मिल जाएगी आज विवाहितों के लिए अच्छा दिन रहने वाला है कोई नए प्रेम संबंध भी आज सिंह राशि के जातकों के स्थापित होते हुए दिखाई पड़ना रहे फिलहाल घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आपको प्रयास ये करना है कि दुर्गा सप्तशती के पंचम अध्याय का आप लोग पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा रेड और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है कन्या राशि कन्या राशि के जात को आज किस्मत आपका साथ देगी कोई रुका हुआ काम आज आसानी से पूरा होता हुआ दिखाई पड़ रहा आज ऑफिस में सीनियर्स आपके साथ रहेंगे आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे परिवार में भी आज आपका माहौल खुशनुमा बना रहेगा कोई गुड न्यूज़ आज आपको प्राप्त हो सकती है विदेशों से सुख समाचार की प्राप्ति होगी आज के दिन देखिए यात्राओं पर थोड़ा सा संभलिएगा अन्यथा आज आपके लगेज वगैरह चोरी हो सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कौन ही जानत है जग में कपी संकट मोचन नाम तिहारो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और राम रक्षा स्त्रोत का आज आपको पाठ करना रहेगा शुभ कलर रहेगा कन्या राशि के जात को आपके लिए ग्रीन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार अगली राशि हमारी आती है तुला राशि तुला राशि के जातकों आज आपका दिन सामान्य रहेगा आज उन परिस्थितियों में पढ़ने से बचें जिनमें आप असुविधा महसूस कर सकते हैं आज अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें और फिजूल की बातों में पढ़ने से आपको बचना होगा अगर आज आप किसी नए काम की शुरुआत कर रहे हैं तो आज पूरा दिन आप लोग व्यस्त रहेंगे आज कोई कदम उठाने में जल्दबाजी मत करिएगा आज के दिन किसी से नोकझोंक के भी आसार नजर आ रहा है इसलिए अच्छा होगा कि आप सोच समझ करके आ, किसी से व्यवहार करिए उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज गाय को आप लोगों को मसूर की दाल के साथ गुड़ जरूर खिलाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज वाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा आठ वृश्चिक राशि क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे तो आज आपके दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी जीवन साथी के साथ कुछ अच्छी खबर सुनने को आज मिल सकती है घर में खुशी का माहौल बना रहेगा आज घर में किसी कार्यक्रम का जो है धार्मिक कार्यों का आयोजन हो सकता है दोस्तों के साथ घूमने फिरने का आज बाहर जाने का प्लान बन सकता है खास करके आज स्टूडेंट यदि कोई जो है आप लोग छात्र हैं कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उन्हें निश्चित ही आज सफलता मिलेगी आज के दिन ज़रूरतमंदों को कोशिश कीजिए पका हुआ भोजन कराइए साथ ही साथ सुंदर कांड का आप लोग पाठ जरूर करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक अगली राशि आती है ये आती राशि धनु राशि के जात को आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा खास करके जो लोग सूचना और प्रसारण के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें किसी बड़ी संस्थान में काम मिल सकता है आज आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा अचानक धन लाभ भी आज हो सकता है आज अपने कैरियर को लेकर के थोड़े से आज आप लोग सेटिस्फाइड भी रहेंगे आज परिवार के सहयोग से आपके सारे काम बनेंगे लाभ के अवसर प्राप्त होंगे पंछियों को आज आपको दाना डालना रहेगा दूसरा आज आप लोग कोशिश कीजिएगा कि विष्णु सहस नाम का पाठ जरूर करें शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज आपका सेफ्रॉन कलर का शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार कैप्रिकॉन जी हाँ मकर राशि के जात को क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे तो आज आपका दिन पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा जिस अवसर के लिए पिछले कई दिनों से आज, आज आपको तलाश थी वो आज किसी करीबी की मदद से मिल सकता है आज उच्चाधिकारी आपके काम से प्रसन्न होकर के आपको कुछ गिफ्ट वगैरह या कुछ पारितोषक दे सकते हैं लव मेट के साथ घूमने के लिए आज, आज आप लोग बाहर जा सकते हैं रिश्तों में बेहतरीनता बनी रहेगी कोई नए प्रेम का समावेश आपके जीवन में हो सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए मकर राशि के जो हमारे जातक रहेंगे कोशिश इनको ये करना है कि आज हनुमान जी को बूंदी का लड्डू आप लोग तो जरूर चढ़ाइए दूसरा एक चमेली का तेल जो है जला करके दीपक जला करके हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपनी मनोकामना आप हनुमान जी से बोलिए जरूर पूर्ण होगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्राउन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छः हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है कुंभ राशि कुंभ राशि के जातकों के लिए सितारे क्या कहते हैं तो आज आपका दिन उत्तम रहेगा मगर आज आप लोग कुछ खास काम यदि करना चाहते हैं थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा धन के मामलों में आज आपको किसी को उधार नहीं देना है कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज आपको मिल सकती है जिसको आप लोग बखूबी निभा सकते हैं अचानक से धन लाभ होने के योग बन रहे हैं आज जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनके लिए कोई बहुत ऐतिहासिक दिन रहने वाला है साथ ही साथ समाज में आज आप लोग कोई बहुत अच्छी जो है छाप छोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं अपनी जो भी आपको जिम्मेदारी मिलेगी उसको आप लोग निभाने में पूरी तरीके से सक्षम रहेंगे सारा दिन आनंददायक बीतेगा घर में पिता के स्वास्थ्य को लेकर के मन में कुछ आपके चिंता आ सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आपको कोशिश करना है कि विकलांगों को कुछ मीठा देना है दूसरा आज आपको प्रयास ये करना रहेगा कि हनुमान जी के मंदिर में एक लाल रंग का चोला आप लोग जरूर भेंट करें शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ अंतिम राशि पर चलते हैं हमारी अंतिम राशि जो आती है ये आती है मीन राशि मीन राशि के जात को क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे तो आज आपका दिन मिला जुला रहेगा आज आपका खर्च बढ़ेगा कामकाज में थोड़े से आज आप लोग सुस्त रहेंगे आज पुराने लेन को अनदेखा ना करें आज सरकारी पक्ष से कुछ आपको राहत प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ेगी धन के मामलों में आज का दिन काफ़ी सुदृढ़ रहने वाला है साथ ही साथ आज किसी नए व्यापार का भी आज आप लोग प्रादुर्भाव भी कर सकते हैं जो लोग कॉस्मेटिक चीज़ों से रिलेटेड बुक्स से रिलेटेड एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड वर्क करते हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक रहेगा समाज में आज आपकी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोग जो है कोशिश कीजिए कि की, हनुमान चालीसा का तीन बार पाठ करिए और आज गाय को आप लोग गुड़ और चने की दाल जरूर खिलाएं शुभ कलर आपके लिए रहेगा रेड और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा साफ तो दर्शकों ये तो था हमारा मेज से लेकर के मीन राशि का राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए दिल्ली आगमन हो रहा है आप लोग दिल्ली में आकर के हमसे मिल सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं दीजिए इजाजत मिलते अपने नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम Badi darisa.